अक्सर विवादों में रहने वाली विधायक रामबाई के खिलाफ एफ दर्ज हो गई है कलेक्टर से अभद्रता के मामले में दमोह के सिटी कोतवाली में यह एफ दर्ज हुई है मामले में दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य का कहना है कि विधायक ने पूरे प्लानिंग के साथ यह हरकत की है रामबाई ने कलेक्टर को ढोर और बदतमीज कहा था ग्रामीणों को साथ लेकर समस्याएं सुनने के लिए कलेक्टर के पास पहुंची विधायक रामबाई ने कलेक्टर एस कृष्ण के साथ अभद्रता की उन्होंने कलेक्टर को ढोर और बदतमीज जैसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने कलेक्टर से कहा कि आंखें फूट गई हैं क्या बेवकूफ कहीं के अक्ल नहीं है कलेक्टर होकर नेतागिरी की भाषा बोलते हो इस बीच तुरंत कलेक्टर चैंबर में चले गए इस मामले में अभद्र व्यवहार करने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने पर कोतवाली पुलिस ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है अगर उनकी लो। लो। लो। ना? ना ना सभी लोग कलेक्टर का मतलब बताइए जिसकी पात्रता है पात्रता पात्रता नहीं नहीं है है मैं तो पात्रता पात्रता है वो तो पात्रता है है वो तो तो तो इनकी तुझे ठीक कौन देखेगा आप आप देखोगे ना से से रोज जा और हम लोग को किया ये पंद्रह अब वो पंद्रह साल में क्या अभी जो आपकी अगर पात्रता बनती है तो भी भी आपने बोला बोला कि अधिकारी नहीं आप आप ना नहीं चेकर ना ना आपको जो लोग हैं जिसके जिसके भी पास नहीं पास वो पैसे पैसे के कौन देगा चक्कर अरेtaro ghoro peevo ko aadmi kyun karekter ki kursi pe baitho jab tumhare liye itna tarika nahi hai to apne ghar ka no kare patami cherna check karalunga yene dik raha kisi ko batayiye check karane wali baat hai hai collector hai ya peevo ko hai akali nahi 2 rupaye ki check karayenge check karayenge wo jo bharam keta dalo maar raho main dekh lunga na dekh lunga theek hai की वहां करते, हो, पर करते हो के इतनी महिलाएं जो खड़ी के बता दें की नरसिंहगढ़ में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन रखा गया था लेकिन इसमें ज्यादा अधिकारी नहीं पहुँचे जबकि ग्रामीण समस्याएं लेकर पहुँच गए काफी देर इंतजार के बाद जब अधिकारी नहीं आए तो इस बात की सूचना पथरिया विधायक रामबाई को दी गयी वे तुरंत ग्रामीण महिलाओं को अपने साथ लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गयी उन्होंने पहले कलेक्टर को सूचना भिजवाई और उसके बाद कलेक्टर को बाहर आने के लिए कहा एक मामले में कलेक्टर बार बार जाति प्रमाण पत्र राशन कार्ड और वृद्धावस्था पेंशन के दस्तावेज जांच कराने की बात कर रहे थे इस बात पर विधायक रामबाई भड़क गयी उन्होंने कलेक्टर को खरी खोटी सुनाना चालू कर दिया तो नियम की बात कर जब भी बात करो कभी भी बात करो भी समय अब बात करो मैडम नियम में देख लूंगा अरे जी नियम के वकील के फकीर हो और इतनी रामायण बांध तो में तो किसी मंदिर में जाकर बैठना इधर क्यों बैठने आ गया कलेक्टर ही बन के बन के और कैसे हमारे भी शिवराज सिंह चौहान जी हैं मुखिया जो देखते ही नहीं किन किन भूतों को कलेक्टर बना के बिठा दे जिन्हें कुछ पता ही नहीं ना चेक करा लेंगे चेक कराने बस पता है